हेलो so दोस्तों वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस एफ पी यानी सुपरफाइन टेक्निकल दोस्तों बात करेंगे एमरजेंसी सॉ की वाटि एमरजेंसी सॉस सॉ क्या है ये हर किसी के यानी हर कंपनी के फोन में मिल जाता है। सबसे पहले हमें अपनी सेटिंग में जाना अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है सोर्स आपको बार में जाना है। पर हम करना है हम पर हमें सर्च सर्च करना उसके बाद आइकन और टाइप करते हैं तो आपका तो अगर आपको कोई न्यू ऐड करना है तो आप ऐड पर जाएंगे और कोई भी कॉन्टेक्टेंगे उसका रोके कर देंगे तो हमने इसे ऑलरेडी कर रखा है तो यानी अब हम चलो देखते है। हैं सेंट कॉल हिस्ट्री सेंट कॉल स्टॉक था लास्ट वो एमरजेसी कॉन्टेक्ट यानी एमरजेंसी कॉन्टेक्ट की एक घंटे तक की हिस्ट्री दिखाता है इस हम एनेबल भी हम इसे एनेबल करते हैं चलिए हम इसे डाय कर देखते हमने दबाए हमें अपनी डिस्प्ले करी ऑफ उसके बाद देखे तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसकी डिस्प्ले ऑफ करी हमारी वीडियो यानी वीडियो रिकॉर्डर हमारे बही पर रोक गया तो ये बिल्कुल हंड्रेड परसेंट वर्किंग है आप इस वीडियो को पूरा देखें कोई भी इस स्टेप इसका मिस न करें ये अगर आप पांच पाँच पाँच बेंगे तो आपको जो कॉल हो वो एस एम एस होता है वो पहुंच जाता है ताकि उस व्यक्ति को पता चल सके कि आप कहां हैं ईश्वर नहीं करें अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है अगर आप प्रॉब्लम कुछ नहीं कर पाते तो आप अपने फ़ोन को कम से कम पावर बटर को फाइवर प्रेस करेंगे तो आपका सॉस मैसेज आपने जो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर रखा हुआ है वो वहाँ पर चला वो वहाँ पर चला जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें धन्यवाद